नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राहुल मैं अपने YouTube चैनल द वे यू वॉन्ट पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं और आप मृत्यु बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है चलिए आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे अस्तित्व के बारे में है। अस्तित्व मतलब मौजूदगी हमारी मौजूदगी इस सृष्टि या धरती पर कैसे हुई इससे पहले हम बात करते हैं कि सृष्टि की रचना किसने की उसके बाद हम इस सृष्टि में मौजूद प्राणियों के बारे में बात करेंगे आप सृष्टि की रचना के पीछे का विज्ञान जानते हैं दुनिया भर के धर्म अपनी अपनी व्याख्यान देते रहते हैं जिन्हें आमतौर पर एक खास मकसद के रूप में सुनाया जाता है जरूरी नहीं है कि उसे सही आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाए विज्ञान का कहना है कि एक बिग बैंग, यानी बहुत बड़ा धमाका हुआ हर धुंधली जैसे ठोस होती गई फिर इस सृष्टि की रचना हुई यह तथ्य के आधार पर सही है कोई और कहता है कि ईश्वर ने सारा ब्रह्मांड बनाया जो सत्य तो है पर तथ्य नहीं है जब हम कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो पहला सवाल यह है कि ईश्वर के बारे में हमारी धारणा क्या है हमारे दिमाग में ईश्वर का ख्याल कैसे आया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास सृष्टि के निर्माण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था तो आखिर जो सारी सृष्टि हम देख रहे हैं उसे किसने बनाया इसका सबसे सरल स्पष्टीकरण यह है कि दुनिया से परे की किसी चीज़ ने इसे बनाया आपने और मैंने इस धरती या सृष्टि को नहीं बनाया यह बिल्कुल स्पष्ट है फिर इसे बनाया किसने चूँकि हम खुद मनुष्य हैं, इसलिए हम ईश्वर को एक बड़ी मनुष्य के रूप में देखते हैं मान लीजिए हम एक चीटी होते तो ईश्वर के बारे में हमारा विचार एक बड़ी चीटी का होता तो ईश्वर को हम जो रूप देते हैं वह हमारी समझ के मुताबिक हैं मगर मुख्य रूप से हम यह स्वीकार करते हैं कि दुनिया से परे कि किसी चीज़ ने इसकी रचना की है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन वह परे की चीज़ क्या है इसे लोग अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं मगर कोई समझा नहीं पाया और उसे समझाया भी नहीं जाना चाहिए हमसे परे कि किसी आयाम ने इसे बनाया यह एक वास्तविकता है दूसरी वास्तविकता यह है कि जब हम पैदा हुए थे तो हम ऐसा नहीं थे हमारे पास एक छोटा सा शरीर था फिर यह शरीर इतना बड़ा कैसे हुआ इसका निर्माण अंदर से होता है या बाहर से ऑफकोर्स अंदर से हम भोजन के रूप में कच्चा माल इसे दे रहे हैं मगर चाहे हम कुछ भी खाए वह भोजन इंसान बन जाता है उदाहरण के लिए जब एक आदमी आम खाता है तो वह आम एक आदमी का रूप ले लेता है वही आम एक स्त्री खाती है तो वह आम एक स्त्री का रूप ले लेता है और वही आम एक गाय खाती है तो वह आम एक गाय बन जाता है तो हम इस पूरे प्रक्रिया को ही ईश्वर कहते हैं यह सिर्फ एक शब्द है जिसके लिए हम इसके सारे इसके सामने झुकते हैं क्योंकि वह हमसे परे हैं क्या वह अभी हमारे अंदर भी सक्रिय है हाँ हमारे शरीर के अंदर जो लीवर काम कर रहा है क्या उसे हम चला रहे हैं या कोई और चीज़ उसे चला रही है जिस ऊर्जा ने इसे बनाया वही इसे चला रही है हम नहीं तो सृष्टि का जो आधार है वह यही है इसलिए हम सिर्फ किसी व्यक्ति ती विशेष के आगे ही सिर नहीं झुकाते बल्कि हम किसी गाय कुत्ते चीटी चट्टान या पेड़ को देखते हैं तो उसके आगे भी झुकते हैं क्योंकि सृष्टि का स्रोत हर चीज में सक्रिय है सृष्टि के पीछे की बुद्धि यहाँ भी मौजूद है अगर आप सोचना चाहते हैं तो एक तरीका यह है कि ईश्वर वह ऊर्जा है जिसने हर चीज़ की रचना की सोचने का दूसरा तरीका यह है कि ईश्वर वह बुद्धि है जो हर चीज़ को बनाती है क्योंकि उसकी बुद्धि अद्भुत है इतने सारे विज्ञान के बावजूद हम एक पत्ता तक नहीं बना सकते हम वास्तव में एक परमाणु तक नहीं बना सकते तो मुख्य बात यह है कि हमारे बोध से परे एक आयाम बुद्धि और ऊर्जा है जो हर चीज़ को चला रही है जिसे हम ईश्वर कहते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि सृष्टि की निर्माण कैसी हुई अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इंसान का विकास कैसे हुआ यह हमारा अस्तित्व अस्तित्व सृष्टि में कैसे आया तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो आवर चैनल